कल्प्र वस्तु प्रस्तुतवेणुनाव्या स्रस्ता श्रस्तवा गोपीश्र कोई भी कथाण कोई भी पुराण, कोई भी मांगलिक कर्म हो उससे पहले भगवान का मांगला चरण करते भगवान का मंगला चरण मंगल भगवान के का करना, भगवान करना, भगवान के के भगवान भगवान भगवान का का करना, करना, की व्याख्या और जैसे भगवान दिखाई देते भगवान का स्वरूप उस स्वरूपों का बखान करना भगवान का मंगलाचरण बालक <laughs> माता के से जब होता है, उसे इस सांसारिक सांसारिकान का भी ज्ञान सांसारिक बोध नहीं होता उसकी बुआ चाचा माता पिता जो जो से सिखाएंगे वैसा वैसा वो व्यवहार उसी प्रकार से मंगलाचरण भगवान का कैसे करें? हर किसी को प्यार नहीं बालक माता के एक से आता है उसे कोई प्रकार का प्यार नहीं होता हम लोग इसको बोलते हैं विकास को जय श्री कृष्ण करो जैसे कृष्णा मुंह से नहीं करता सिर्फ हाथ प्रथम प्रकार का जो मंगलाचरण मंगलाचरण है वो नमेति, नमस्कार करते हुए नमः एति मंगलाचरण भगवान गणेश जी को नमन करते हुए नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रथम मंगला प्रकार का जो मंगलाचरण हुआ भगवान का नमस्कारात्मक धीरे धीरे बालक बड़ा होता, होता। है वो संसार की वस्तुएं देखता है, भगवान का स्वरूप देखता है। है भगवान भगवान के स्वरूप स्वरूप का का कि कैसे दिखाई है। भगवान का स्वरूप देख चक्र लिए सहार का स्वरूप है उस स्वरूप का मनुष्य है धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि होती है तो भगवान के अंदर गुण क्या? भगवान की पूजा क्यों करते हैं? सब जय प्या जय तो भगवान अंदर क्या? क्या? के अंदर गुण क्या कि भगवान सबके संकट वो क्षण में दूर करते है तो जय जगह यदि सबके में दूर तो जय भगवान दूर, दूर नहीं कर सकते तो भगवान भगवान की पूजा तो ये के अंदर गुण है इस भागवत कथा से पहले भगवान का गुणात्मक मंगलाचरण किया गया मंगलाचरण कैसा इस कथा की शुरुआत भगवान के गुनों से की गई है सचिदानंद रूपा विस्तुत है विनाशा श्री और आनंद जो सचिदानंद भगवान का स्वरूप है उस श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण तापत्र्य विनाश आध्यात्मिक आदि देवी और भौतिक आधिभौतिक मनुष्य के जो तीन प्रकार के ताप है उस ताप को नष्ट करने वाले भगवान नमस्कार करते हैं और चौथा अगला अंसर भगवान का भगवान को स्वयं बना देना ऊपर जो गोवर्धन जी महाराज बनाए जो वह तो भगवान को तो किसी वस्तु की उपमा महाराज दिया जब हृदय में पूछा कि क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? भगवानी ने कहा कि इस खम्भे में मेरा भगवान है। यदि तो बैराज बोल देते हैं भगवान वास्तव में नहीं है। उस खबे में भगवान को बनाया जी ने उस के अंदर भगवान का स्वरूप देखा और भगवान हुए तो चार प्रकार के मंगलाचरण नमस्कारात्मक स्वरूपात्मक गुणात्मक और भगवान का मगराचा। आजो में जो कथा कर रहे हैं गोवर्धन गोवर्धन भगवान का जो भाग विग्रह भागवत कथा है, है उसमें से लीला लीला भगवान के विग्रह कौन से भगवान का पाषाण विग्रह हम लोग अपने घर में साल भगवान की पूजा वो भगवान भगवान ने पत्थर में अपना स्वरूप उस पत्थर में दे रखा है पाषाण दूसरा भगवान ने कहा का लकड़ी का विग्रह जो जगन्नाथ जी की पूजा करते वो भगवान का काष्ट विग्रह जाते विग्रह भगवान का का विग्रह हमारे उसकी पूजा करते हैं भगवान भगवान ने अपना इसमें सागर का भगवान तो कोई प्रकार के तो नहीं करने की जरूरत नहीं है सीधा भगवान का स्वरूप है कोई हम लोग उसको पूजा कर सकते हैं की तो ना सब का अभी अभी है। और भगवान का उसका भी अधिवास नहीं सीधा जुड़ती और चौथा भगवान ने कहा भगवान ने इस भागवत के अंदर भगवान बना बस ललभ सूर्ज भागवत बना बस ललभ सूच का भगती। तो जहां भगती है वहां भगवान जाते हैं अब हम लोग जहां भगती होगी वहां, वहां भगवान वहां भगवान का विग्रह अवश्य जाकर होगा इस कथा को सबसे पहले राजा परिचित ने श्रवण का तो किया दया मैं जो राजा परिचित है उन्होंने कली को जगह जुआ और सोना हाँ। इसके अंदर जगह नहीं राजा अपने और समी ऋषि के पुत्र ने संगी ऋषि ने राजा परिचित को शरा दिया सात दिन के अंदर सातवें दिन को ग्रस्त करेगा और प्राप्त होगा राजा परिचित को जब ज्ञान हुआ कि सात दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, अपने पुत्र को महाराज से राजा ने भागवत कथा का स्मरण किया और भक्ति को प्राप्त किया सुखदेव जी से सौदा करने आए कि महाराज हम आपको ये अमृत है उसका पान करवा रहे हैं आप प्रचित को अमृत दे और उसको अमर बना दो उसके बदले में आप एक कथा रूपी जो अमृत है हम दे परंतु सुखदेव जी महाराज राजा प्रचित को कथा मदद पान करवाया दूसरी कथा का पान्य करवाया शनक आदि ऋषि ने कुमार आदि ने भक्ति ज्ञान ज्ञाना हरिद्वार क्षेत्र के अंदर नारद जी महाराज के द्वारा ऋषियों ने कथा का स्मरण कराया और भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुनः तरुण चार करके वृंदावन के अंदर भक्ति तो तरुण अवस्था में थी परंतु उनके जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे वो वृद्धावस्था में थे वृंदावन में भक्ति है परंतु ज्ञान और वैराग्य महाराज आदि ऋषियों द्वारा भागवत कथा है उसका स्वर्ण करा के ज्ञान और वैराग्य को तो पुनः करवाया और कथा कर की सूजी महाराज महाराज सनक आदि अमृत पाल ने कोई भी कथा प्रारंभ करो उससे पहले भगवान का मंगला चरण करते हैं कोई भी कथा को प्रारंभ करो उससे पहले भगवान का शवनाम की भगवान का घूमट का कीर्तन करते हुए हम इस कृष्ण जन्म की कथा के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान की गोबर नगर जी लागती है भगवान का घूमट का हैं Lord Krishna, moving the heaven, moving the earth, moving the mountains. देव के साथ चल था विदाई का समय कर्श ने पड़ी धूमधाम से अपने भगिनी का विवाह किया तो जब विदाई का समय आया तो आकाशवाणी ही करे कल हंता जिस अपने से कर रहा है को किसी की आठवीं संतान गर्भ तेरा काल है जो भगनी हंतु मारक मारक कंस ने अपने तुरंत कंस के के को रोका पाती रक्षी पति वसुदेव जी रोका वसुदेव जी देवी देव के पति जाप कर और पति कौन जो पत्नी की रक्षा करे। करती जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे वह पति का होता है वसुदेव जी महाराज ने कंस को विश्वास दिलाया। कि देवकी के सक से जो भी संतान होगी मैं सर्वप्रथम आपको लाकर के दूंगा पहली संतान कस के पास ले कर रहे परंतु कस ने कहा कि मुझे खरीदा है वो आठवीं संतान से आप में महाराज कमल का पुष्प तो दिखाते हैं कंस को और कहते हैं के दिखाते हैं कि एक इसको तोड़ो कंस आप कौन सी आठवीं पंखुड़ी है और कौन सी पहली कमी एक एक पंखुड़ी को तोड़ के देखता है जो भी कमी होती है वो पहली होती है जो भी पंखुड़ी को आठवीं होती है कि आकाशवाणी की बात पर आप विश्वास मत करो भगवान की बात पर विश्वास मत करो क्या पता पहला आठवा हो आठवा पहला हो दूसरा आठवां हो भगवान को अवतार घट है भगवान जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार घट है तो के मन में भाव तो भगवान अवतार कैसे महाराज ने दिया वसुदेव को बुलाया को बुला करते करते छह का वध किया भगवान की आस पास से जो सांसवा गर्म था वसुदेव की पत्नी के घर में और आठवें भगवान तो देव की माँ का मुख है वो जग मगा भगवान कृष्ण ने योग माया को तो बोला यशोदा के घर में वसुदेव जी आपको वहां से लेकर आएंगे और मुझे वहां छोड़ेंगे और आप कंस को संदेश देकर उन्हें चली जाए भगवान का अवतरण हुआ। जन भगवान देव की गर्भ स्तूति की भगवान का स्वागत किया। <स्क्थिन्यार्ड़> स्वागत, स्वागत किया समय का भाव है लेकिन अभी भगवान का स्वागत दो मिनट का तीर्थन करते हुए भगवान का स्वागत है स्वागत कृष्ण कृष्णा स्वागत भी आया। मध्यरात्रि का उस समय अचानक देवकी और के चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हुए ऐसे अद्भुत बालक सभी को देखकर शब ने हाथ जोड़ करके नमन किया देव की वसुदेव स्तुति करने करे चतुर्भुजुज भगवान ने कहा बाबा वसुदेव और देव की को दर्शन कर दुआ वसुदेव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुदेव भगवान चतुर्भुज ने कहा कि मैं आपके यहाँ आप मुझे, मुझे गोकुल के आना और जो नंद की पुत्री यशोदा के जो पास में पुत्री है उसे लेकर आप इसका भगवान का अवतार हुआ भगवान ने जब राम अवतार हुआ उस भगवान बहुत जोर से किया सारी दासी आदि हुई और नाच गाने परंतु यदि इस बार रोते, तो कारागरा के जो भी सैनिक आदि है वो आ जाती है इसलिए भगवान ने मन नहीं किया वसुदेशा ने भगवान को मस्तक पर धारण किया वसुदेव का ब्रह्म ब्रह्म से से संबंध संबंध प्राप्त प्राप्त हुआ, हुआ, भगवान तो सारे बंधन बंधन खुल खुल गए। गए। जो भी है, वो वसुदेव जी लाला नहीं कर सके, के एक मंडलों को देखा यमुना में आज आजीक भी भगवान का स्वागत कर रहे थे यमुना उद कर रही थी भगवान ने अपना चरण बाहर निकाला यमुना ने चरण का स्पर्शवा और यमुना का चल नीचे नीचे भगवान के छत बना करके चल रहे थे यमुना पढ़ करके वृष्ण जी महाराज भवन पहुंचे थे जब योग माया आती है तो सब सो हैं। नंद भवन में जब योग माया आई थी तो नंद भवन में सब सो रहे थे वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को यशोदा के पास रखा योग माया को ले करके पुनः कारा घर में आई जब माया पास में आई बंधन है जो तो अपना माया ने बंधन प्रारंभ किया के पास आकर महाराज आठवीं उत्पन्न हो गई है। ने कन्या को उठाया और जैसे ही मारने लगा शिका पर पटकने लगा कन्या हाथ से छूट करके अष्ट पुजा रूप आकाश में कल बोला की मया क्या मन मुझे क्या मारना चाहता तुझे मारने वाला तो अन्यत्र चंद्र चुका चुका तो अंतर ध्यान दिया कल मन विचार करे पहले तो आकाशवाणी देवकी का आठवां गर्म है जो कि होगा और अब आकाशवाणी मुझे मारने वाला तो चुका है किसकी माने किसकी नहीं माने धर्म धर्म नंद भवन में नंदू लाता महाभ का जैसे गौशाला में स्वप्न है जो गौशाला पीछे से का और नंद बाबा को बोले कि बाबा पहले आज मुझे कुछ वचन दो देने का तो मैं आपको खुशखबरी ने सारी हाथ अरे तू जल्दी सुना जो है तू स्वप्न आया है वो सत्य करने के लिए ब्रह्म में बहुत सारा बताया और वो उसने आसा भी करे वो तो सपना है जो सच हो जाए। ने कहा महाराज, आपके लालो भय आपके लालो भय नंद बाबा समस्त भावना आदि को बुला करके यज्ञ अभिषेक आदि करवाया समस्त ब्राह्मण आदि नंग बाबा के घर गए लाखों हजारों का नाचते हुए के घर से निकले ना कहीं लोग नाच न को भी बसाए बुद्ध भरे पसी भेट चले तब नंग बाबा सब के मन भाए नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचल रसाए ताहुने लाद दी नंद के ऊपर डाल दी वो सब दूध हसाई जो जो जो भी चीजें लाया वो सब नंद बाबा के सर पे डाल दिया कोई दूध डाल ले कोई दही डाल ले और सब नाचते नाचते नंद बाबा के घर से निकले हे नंद के आनंदनयो जय जय 40 उधार किया, उधार भगवान भगवान का ने, ने दी, दर्गाचार्य जी महाराज आए भगवान की नामकरण करने के लिए भगवान स्वी दर्गाचार्य महाराज खुद का हाथ्य गाते खाते मैया ने सारा सामान दिया चारे जी महाराज ने खीर बनाई और भगवान खीर का भोग लगाने के लिए बुलाया वो बालक जो कृष्ण छोटा बालक है वो गया और उस खीर का पान पालन करते जी महाराज खीर यशोदा ने पुनः दिया बनाई यशोदा कृष्ण को लेकर के सुलाने गई और गई और खुद सो फिर गरगा बुलाया तो कृष्ण अपने चतुर्व रूप में आकर के गरगाचार्य जी महाराज को दर्शन दिया अरे तू मुझे बुला रहा है कभी तो मैं आता हूँ बिना बुले आता दर्गाचार्य महाराज को ज्ञान दिया अब तो जी महाराज जो कृष्ण के होठों तो पे पेर लगी थी खाने दर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण किया सर्वप्रथम नाम निकाला वासुदेव ये वसुदेव का पुत्र इसे वासुवा एक ही कृष्ण इसे देखते ही आकर्षित होती है इसलिए इसका नाम कृष्ण बलराम जी महाराज का नामकरण संस्कार किया बनाएरा जी का उद्घाटन किया भगवान ने वेत गाया और सात नौ वर्ष की उम्र में भगवान ने हमारी गोवर्धन लीला है जो कि गोवर्धन रात पहले ठीक पहले आई इसलिए इस, इस गोवर्धन की बहुत ही महिमा जाकर है ये गोवर्धन लीला भागवत में राज पहले में। इसलिए इसका महत्व जाता है मनुसूत्र भी बना है यदि से करना है आपको राष्ट्र में प्रवेश करना है तो आपको परीला करनी पड़ेगी यदि तो आपको भगवान के साथ राष्ट्र है तो आपको गोवर्धन लीला है जो करनी पड़ेगी जिसका गोवर्धन पूरा नहीं हुआ उसका तभी राष्ट्र पूरा नहीं गोवर्धन का, गो का मतलब नहीं है है के दिन आया हुआ लिए पूजा का मतलब यहाँ गो का अर्थ है भक्ति और ज्ञान और वर्धन का विकास वर्ष वृद्धि करता का अर्थ है ज्ञान भक्ति आदि का विकास करना जो भक्ति को नित्य बढ़ा पाते हैं वही भगवान की कर पाते हैं हम लोग राष्ट्र क्यों नहीं करते क्योंकि तो हम करते हैं पहले जो लक्ष्मी पूजा होती दिवाली में वो मध्य कवर थी उस लक्ष्मी पूजा को बाहर का आदमी कोई नहीं परंतु तो, तो, तो, आज सुबह मैंने कल सुबह जब मैंने मोबाइल देखा स्टेटस देखे रुणा रुणा रुणा तो कम से कम के स्टेटस में थे लक्ष्मी पूजा का ढाई सौ जो कितने चांदी के सिक्के हैं कितने रुपए रखे कितने उन्होंने सोना रखा कैसे उन्होंने पूजा की जबकि जो लक्ष्मी पूजा है वो गुप्त पूजा वा और आज सारे लोग अपनी भक्ति का दिखावा कर रहे हैं स्टेटस लगा रहे हैं लक्ष्मी के साथ ही इसलिए हम लोग राष्ट्र जो भक्ति को नृत्य बढ़ा पाते हैं वो भगवान का राष्ट्र कर पाते हैं हमारे पास वो भक्ति हमारे पास वो भक्ति नहीं एक फिल्म देखी मैंने फूल और कांटे उसमें है है धीरे-धीरे प्यार को बढ़ाना गुजर श्याम कथा करे थे उन्होंने एक सॉन्ग दिया गाना ग क्योंकि तुम बस तुम हो के हीरो ग लेकिन उन्होंने उस गाने का नहीं सकते ही हो, तेरा, मेरा क्योंकि तू हमारे तो जी, तो जी। में भगवान श्याम श्याम बाबा ये तो इसमें भी धीरे धीरे उच्चारा हंसे गुजर जाओ सामने गोबिंद नंद बाबा के घर नारा प्रकार के पकवान मान रहे थे तो कृष्ण ने यशोदा से पूछा कि मैया जो समान है वो सबसे पहले मैं खाऊंगा मैया बोली अरे दादा जब जय जय हो जाएगी तुम तो तु ये कृष्ण से पूछा क्या कृष्ण को जला कृष्ण यशोदा की शिकायत करने के लिए बाबा के पास गए की मैया मुझे चाखा नहीं कर रही ये जो नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं वो मैया मुझे चखने नहीं दे रही है बोल रही है जय जय होगी तब आप तो बाबा के मुंह से गलती से निकल गया जय जय है वो इंद्र है आज हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे इंद्र वर्षा करेगा तो धन धान्य आदि पशु पक्षी, पक्षी के लिए काला पशुओं के लिए चारा आदि होगा खेतों में धान्य कृष्ण ने कहा कि बाबा इंद्र का तो काम है बादशाह कर रहेगा पूजा क्यों? इंद्र भगवान थोड़ी है इंद्र तो देवता है देवता की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी परंतु भगवान की पूजा करो उससे मोक्ष की जन्मा। एक कृष्ण शा प्रणाम हो सासों में भी पुनर्ये जन्म कृष्ण प्रणाम कृष्ण को प्रणाम तो यज्ञ यज्ञ करो ऐसे की की प्राप्ति प्राप्ति होती है में दीप के में करने वाला जन्म करेगा परंतु प्रणाम भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला यह लोग यह संसार में जन्म की प्राप्ति नहीं करेगा भगवान कृष्ण सर्व का इंद्र को जो घमंड था उसको चूर करने के लिए भगवान ने यह लीला किया हरे बाबा हमारी रक्षा तो वो गोवर्धन करता है पशु पक्षी आदि उस गोवर्धन पर चढ़ने जाते हैं हमें भी उस गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए जंतु अरे बाबा आप एको आपको समान दो तभी तो वो पढ़ाएगा। आप नहीं दोगे प्रारंभिक प्रार तो आप गोवर्धन की पूजा करोगे तभी तो आपको समझ आएगा कि गोवर्धन भी हमारा भगवान जा करके हैं कृष्ण की बात को नंद माता व्रज आदि मानने लगे विचार किया चलो कह रहे हैं हैं हैं गोवर्धन गोवर्धन की की पूजा पूजा देते देते थोड़ी सामग्री को फिर कर रहा पर सारी सामग्री को रखा और की गोवर्धन बाबा पूजा करने गए सामग्री गोवर्धन उचराने लगे कृष्ण को सारी बात वार्ता समझ बाबा आदि पूछे अरे कृष्ण कहा है तेरा देव कृष्ण ने कहा बाबा आप हाथ बंद करो कृष्ण की आराधना आराधना तो की, तो की की सबने आंखें बंद भगवान भगवान ने ने अपना समान और में ने में और में जाकर बाबा बोला कि भगवान बाबा आप जो भगवान के गोवर्धन भगवान के प्रसाद जैसा गोवर्धन का का स्वरूप बड़ी बड़ी भुजाएं थी गोवर्धन का स्वरूप था, था।, था। भगवान कृष्ण ने वो स्वरूप बनाया और वो सारी सामग्री भगवान है उन्होंने सारी सामग्री प्रसाद गोवर्धन की पूजा माता यशोदा ने पूछा की रह अब तेरा कुछ बाकी रह गया क्या क्या? सारी सामग्री तू तो इसे गोवर्धन के चढ़ा दी अब कुछ बाकी है तो बता भैया अभी तुम इस गोवर्धन की परिक्रमा बाकी है आप गोवर्धन की परिक्रमा करो तो भगवान आपको फल प्राप्त करेंगे फल देंगे भैया दो मिनट के लिए भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट मुटल मिला चलिया लगी, दर्जन करने लगी। देवों ने अपना काम प्रारंभ किया और जबरदस्त वर्षा हर वर्षा वहां पर प्रारंभ हुई इस शीत वर्षा से पीड़ित करके कृष्ण को बोला तेरे कहने से हमने ये कर्म किया है तो भगवान इंद्र है, वो क्रोधित हो गए अब तो ही करके बचा कृष्ण के मैं बोला आपने मेरी पूजा थोड़ी तो की आपने इस गुवर्धन की पूजा की इसके पास जाओ बोलो आपकी जरूर जरूर रक्षा करेगा आदि शरण में गए गिराज की शरण में गए और गिराज की स्तुति की गिराज प्रभु कुमारी सरण भगवान ने और समस्त अरे बाबा, आप आज कोई ये गोवर्धा घर तरह की रक्षा मेघों मेघों ने था, ने जितना पानी पश्चास तो तक, तक सात दिन तक सात वर्ष के गोवर्धन को सात वर्ष की उम्र में सात दिन तक है जो अपने बाएं हाथ की ताली अंगुली में करके रखा सारे गोलपाल आदि आप अरे नन्द बाबा ये जो तेरा छोरा है ना ये जो आपका लड़का है ये साक्षात भगवान जा, जा कर भगवान खेल खेल ने गोवर्धन को धारण किया और भगवान ने गिराज भरण पड़े बोले गिराज भरना की जय इंद्र ने आकर वृक्ष का हार देखा दिन धार प्रय जो बरसात की है देखा का दर्शन किया इंद्र के साफ़ भगवान ने कहा धूप निकल गई आप सब लोग बाहर निकलो आकाश या वो साफ हो गया पानी या जो बंद हो गया सब अपनी अपनी भगवान खेल खेल में जिस प्रकार से प्रभु ने गोवर्धन उठाया उसी प्रकार से बड़ी सहसा के साथ उस गोवर्धन को यथा यथाष्कार है वो जाकर के रखा का, का करने लगे तो कृष्ण ने कहा कि आप बनो आप यहां से करो जब व्रजवासी सारे जाएंगे तभी तो इंद्र का गर्ण काम करेंगे जो गर्भ काम है तभी करेंगे सब लोग हर्वा ने था गुनगान मंदिर में भंडा वन में आए इंद्र हर्वा ने की स्पूती की विषुध्दतम तवधाम शांतम तको मया दस्तर दस्तरम माया मयु माया मुगुना सम्प्रवाह वनवित्त तेंदे ग्रहण भंडा इंद्र ने हमें भगवान की स्पूती की स्वर्ग से के आए उस काम के से आज बाबा का भगवान कृष्ण आएवान अभिषेक किया तब से भगवान का नाम गोविंद जाकर ये भगवान की गोवर्धन सात दिन तक भगवान भूखे थे भगवान एक दिन में आठ प्रहर भोजन करते थे एक दिन का प्रहर और दिन तो जब भगवान ने गोत्तम लीला की पुनः अपने निवास पर आए तो सारे आदि प्रकार के व्यंजन का भगवान को भोग लगाया उस समय से ये चंपन भोग की महिमा है जो प्रारंभ हुई भोग लगता है बाकी मैया माता के लगाओ सिर के लगाओ वो अपना श्रृंगार जाता है खाना इसमें वास्तव में जो तो छप्पन भोग है भगवान कृष्ण के निरा सड़ के अन्कूट लगता है और छप्पन भोग भगवान कृष्ण के क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की काली उठाया तो सात दिन तक यानी इस छप्पन भूख का भगवान कृष्ण के भोग लगाया भगवान ने राश लीला मथुरा के कंस का उद्धार किया भगवान किसी का नहीं करते करते भगवान भगवान हमेशा हमेशा हैं हैं आप किसे तो समझादय आप, आप नहीं करते समझ आ रही है ना यात्रा आपका दिल से आभार था इसमारे गुरु जी सुर श्री के आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा तो उनका भी इस व्यास गति से आभार था गर्भगण मारे गणित जी ने जो मेरा सपूत दिया उसका भी भी तो इस इस व्यास व्यास से से आशीर्वाद आशीर्वाद और आभार हमारे भाई दीपक हमें लेकर उनका भी तो गंदी से आने वाले एक साल में इसके पुत्र की प्राप्ति छोरी जिसके पुत्र की हो और अगले सारे भगवान गोधन की पूजा के यहाँ सबसे हमारे विशाल हमें भी कथा को उससे पहले जिन्होंने की मंगलाचरण करते हैं कोई भी कथा को सब विराम भगवान का कीर्तन करते करने भगवान के वजन आदि से कुछ विराम करते हैं, आप सब की आज्ञा से विराम दे रहा भगवान के के भोग भोग लगाना है एक लगा दीजिए जो जी उन्होंने गोद उठा तो नहीं तो भगवान का भोग लगाइए हाँ तो भूख लगेगी और भूख लगा? से लगाएंगे भूख ये भूख क्या लगेगा